स्कूल बसेस और कई तरह के कंस्ट्रक्शन मशीनों को पीले ही रंगों से इसलिए रंगा जाता है क्योंकि यह अन्य रंगों की तुलना में 1.2 पॉइंट गुना अधिक आकर्षक दिखते हैं, जिस कारण इन्हें कुहासा और धुंधले इलाके में आसानी से देखा जा सकता है जिस वजह से दुर्घटना एक्सीडेंट होने में काफी हद तक कमी आ जाती है